बस्मिल्ल अस्सलाम असमैम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात होगी कि हमारे जो जो मूड स्विंग्स होते हैं कभी हमें खुशी होती है कभी हमें गम होता है खुशी में तो चले हम खुश हो गए दट्स गुड लेकिन जब हमें कभी बिला वजही हमारा मूड ख़राब हो गया बिलाई वजही हमारा जो है वो कुछ काम करने को दिल नहीं कह रहा कोई मोटिवेश आ रही कोई किसी तरफ जाने को दिल नहीं कह रहा बैठे हैं बैठे हैं और बिला वजही सैड हो रहे हैं बिला वजा ही रोने लग पड़े हैं बगैर किसी रीज़न के कोई ख्याल का अंदर से आना हुआ जाना हुआ और हमारा जो है वो रोना हुआ और कोई भी वजह के बगैर भी जो है ना वो हम सैड हैं उदास हैं इस चीज़ को कैसे हम बदल सकते हैं जी हाँ आप बदल सकते हैं हम बदल सकते हैं क्योंकि इसको होने की जिम्मेदारी हमारी है यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारी वजह से हो रहा है और हम ही हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं देखिए अगर आप इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेंगे अगर आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप कभी भी इस चीज को बदल नहीं सकते आप कभी भी इस चीज को चेंज नहीं करते कर सकते तो सबसे पहले इस चीज की रिस्पांसिबिलिटी लें कि ये जो कुछ भी ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं कभी खुशी कभी गम है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है यह सबसे ज्यादा आपकी वजह से हो रहा है नंबर वन अपनी इस रीजन को फाइंड आउट करें और एक में आपके साथ माइंड uh, स्टेट को चेंज करने की जो है वो मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करता हूं और इसको आपने जैसे मैं आपको बताऊं इसको आपने एज इट इज़ ही करना है सबसे पहले इस वीडियो को हो सके तो डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज इसमें ऐड आएंगे तो ऐड की वजह से जो है वो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं ऐड दिखाना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें फाइनेंशली जो है वो स्पोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये आपके ताउन के बगैर नहीं हो सकती तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियोज़ को मैक्सिमम लोगों तक इन वीडियोज़ को मैक्सीम लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को ताकि मैक्सिमम लोगों तक फैलाएं और उन लोगों की मदद ज़रूर हो सके जो इन वीडियोस के हकदार हैं और जिनको इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारा मिशन यही किया है कि हमने पूरी दुनिया में डिप्रेशन और एन्ज़ाइटी से जो है वो लोगों को अवेयरनेस देनी है कि आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपनी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं सबसे पहली चीज़ यह है कि आप किसी भी स्टेट में हैं और आप उस स्टेट को बदल सकते हैं यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो रही है तो भी आप अपनी उस स्टेट को बदल सकते हैं कैसे उसके बाद का इंसिडेंट्स के जो यानी कि जो आप सोचते हैं जैसे मैंने अभी रिसेंटली ईद की एग्जांपल दी थी या कोई भी इंसिडेंस जो आने वाला है उसके बारे में आप बाद में सोचें कि वो इंसिडेंस ओवर हो गया खत्म हो गया तब मेरी फीलिंग्स कैसी होंगी तो वो आपका जो वो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो जाएगा लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि हमने कैसे यानी कि सैड मूड को कैसे बदलना है मेन प्रॉब्लम तो सैड मूड की है ना ओवर एक्साइटमेंट तो बहुत कम लोगों को होती है आप जिस भी स्टेट में भी बैठे हैं अभी हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और इस एक एक्सरसाइज के बाद आप देखिएगा आपका माइंड किस स्टेट में जाता है और उस स्टेट को आपने पकड़ लेना और अपने पास उस स्टेट को रखना है और जब भी आपको लो मूड हो जब भी आपको थोड़ा सा लाइक लगे कि आज तो कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो आपने इस चीज़ को जो है वो एक्सपीरियंस कर लेना है जी हाँ इसको एक्सपीरियंस करने के बाद अब आप देखिएगा आपकी लाइफ कैसे यूँ चुटकियों में बदल जाती है और बज दफा होता है ना कि हम कोई बात याद करके हंस पड़ते हैं या बिला वजह ही हंस पड़ते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में एक बात गुजरी होती है वो इंसिडेंस एक्चुअल में अभी नहीं हुआ होता वो पहले हुआ होता लेकिन वो हमारे सामने गुजरता है तो हमारा दिमाग चूंकि सबकॉन्शियसली रियलाइज़ नहीं कर पाता कि ये सच है या हकीकत है या झूठ है या ये पहले हो चुका है या अब हो रहा है तो वह उसको यही कंसिडर कर रहा है कि ये अब हो रहा है तो आप अगर इसको एक इंसीडेंस दे देंगे कि जो इंसीडेंस पहले हुआ और वो अच्छा हुआ तो आपका माइंड आपको उसी स्टेट में लेकर चला जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे अभी फर्ज करें आपने अपनी आंखें बंद करनी है खुद को रिलैक्स करना है डिप ब्रीदिंग्स करनी है दो चार पांच अपनी जिंदगी का कोई भी एक बेहतरीन इंसिडेंस याद कर लें जिस दिन आप बहुत ज्यादा खुश हों जिस दिन आप अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस कर रहे हों जिस दिन आपको लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज थे आप बहुत खुश थे हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी हर तरफ उस दिन बेहतरी ही बेहतरी थी बड़ी मज़ेदार किस्म की हवा चल रही थी मेरी लाइफ में बड़े ऐसे इंसीडेंसेज हैं है। आप भी कोई याद कर लें एक आधा आप अपने आप को उस इंसीडेंस में लेके जाए आहिस्ता आहिस्ता खुद को उस इंसीडेंस में लेके जाए आप उसी जगह पर खुद को महसूस करें आपके इर्द गिर्द वही हवा में खुशबू है वही इन्वायरमेंट है आप मैक्सिमम अपने आप को उस जगह में लेके जाने की कोशिश करें वही आवाज़ें सुने जो उस वक्त आवाज़ें आपको आ रही थी वैसे ही अपने अंदर महसूस करें जो उस वक्त आपको महसूस हो रहा था इस इंसिडेंस में मज़ीद अपने आप को जाने दें महसूस करने दें उस खुशी को अपने आप को उस खुशी को महसूस करें अपने आप उस एनर्जी को महसूस करें उस ताकत को महसूस करें आप बहुत खुश हैं आप बहुत रिलैक्स हैं आप बहुत बेहतरीन हैं अल्लाह का शुक्र है दिन बड़ा बेहतरीन है आप अलग ही अपने अंदर ताकत महसूस कर रहे हैं आप हल्के हो रहे हैं आप लाइट हो रहे हैं इस पूरी फिल्म को एक कलर कलर के साथ जोड़ दें वो कोई भी कलर हो सकता है मेरी फिल्म मेरी वो पूरी जो सीनरी है मैंने उसको वाइट कलर के साथ जोड़ रखा है अब उस वाइट कलर को एक नंबर के साथ जोड़ दें मैंने इसको सिक्स नंबर के साथ जोड़ के रखा हुआ है आप इसको अपनी मर्जी से अपने फेवरेट नंबर के साथ जोड़ सकते हैं अब आप आंखें खोलें। आपको कैसा महसूस हो रहा है यकीनन आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा अब आपने जो भी कलर सोचा जो भी आपका फेवरेट कलर था और जो भी आपका फेवरेट नंबर था अब आपने करना क्या है? एक वाइट पेपर लें या उसी कलर का एक पेपर लें और उस पेपर पर पे उस नंबर को लिख के रख दें मोटे मार्कर से जो होता है ना बोर्ड मार्कर उससे आपने लिख के रख लें जैसे वो सेवन था एट था नाइन था टेंथ था व्हाट सोएवर so जो भी नंबर आपने लिखा उस नंबर को अपने पास लिखकर रख लें एक दो तीन चार जितने भी इंसिडेंसेस आपको याद आते हैं लाइफ में कि यार ये मैं वहां गया था ये मैं वहां गया था मेरे पास तो दर्जनों हैं। मैं अभी इस रूम में जहां हूं मैंने अपनी जगह जगह पर वो पहले पेस्ट किए हुए थे लेकिन अब चूंकि मैंने माइंड में उनको इतना रिमाइंड कर लिया लेकिन अभी भी मेरे लैपटॉप पर जैसे पड़े होंगे इर्दगिद जगहों पे मेरे पास ये नंबर होंगे ये नंबर आपने अपनी जिस जगह पे आप सबसे ज्यादा बैठते हैं आपने उस जगह पे पेस्ट कर देने आप जैसे ही लो मूड महसूस करें जैसे ही सैड महसूस करें जैसे ही लगे कि यार कुछ हो रहा है कुछ फीलिंग्स बदल रही हैं आप उस नंबर की तरफ देखें उस रंग की तरफ देखें आप यूं चुटकी बजा के आपके स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी यू चुटकी बजा के आपकी स्टेट ऑफ माइंड दोबारा चेंज हो जाएगी आप सैड हुए आपने वो नंबर देखा माइंड आपको उसी स्टेट में लेके चला गया माइंड आपको उसी तरफ ही लेके चला गया दिमाग में जो चीज अभी आपको फोर्स कर रही थी वही चीज उसी स्टेट ऑफ माइंड से निकल गया किसी और स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएगी तो दिमाग आपके साथ खेलने से पहले आप दिमाग के साथ खेल जाएंगे इसको क्या करना है मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी है आपने और कुछ ही दिनों बाद ये जो लोगों को लो मूड का सामना करना पड़ता है या लैक ऑफ एनर्जी का सामना करना पड़ता है यू, यू यू यू चार्ज कर देगा आपके दिमाग को लेकिन बात याद रखिएगा इसके साथ साथ दो तीन इंसिडेंट्स तो आपने लिख के रख लिए लेकिन रूटीन्स पे भी काम करना है एक्सरसाइज पे भी काम करना है नमाज कुरान भी पढ़ना है आपने एक्सरसाइज भी करनी है अल्लाह को भी कसरत से याद करना है चैरिटी भी वही बातें जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ वह लाजमन करनी है आपने अगर वो नहीं करेंगे तो ये भी आपने ठीक से असर नहीं करेगा ये ऑलमोस्ट आप पर तभी असर करेगा जब आप कंबो चलाएंगे क्योंकि आप जब कंबो चलाएंगे और आप अपने आपको एक सिग्नल देंगे दिमाग को कॉन्शियसली कि भाई अब मैं खुद से मोहब्बत कर रहा हूं अब मैं खुद की केयर कर रहा हूं अगर ये वीडियो आपकी समझ में आ गई तो ये आप अगर ना आई तो इसको आपने दोबारा देखना है बल्ली मी ये बहुत बड़ी आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकती है ये वीडियो। अगर आपने इसके मैसेज को समझ लिया तो आ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना चाहिए तो आपने इसको लाजमन शेयर करना है बाकी वीडियो का इतना यही करते हैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा मिशन हमारा क्या है कि हमने पूरी दुनिया को डिप्रेशन और एन्जाइटी के फ्री करने मतलब उनको इतनी अवेयरनेस देनी है कि वो अपने आप को मैनेज करके चलें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा मुझे दो हमें याद रखिएगा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़